कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं अब लखनऊ जा रहे हैं हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रहे हैं हम न की तरफ बढ़ रहे हैं अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं सड़क के नीचे भौंके कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं तो अब तो उनका स्वभाव होता है यही नहीं अभी और सुनिए चाहे जितने राकेट टिकैत टिकैत जितने हम मैं जो टीका कई राके को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ दो कौड़ी का आतीय अभी भाई। अभी ये भाई वो हम तो छोटे ही हैं उसका लड़का एक साल से जेल में बंद है तो आदमी गुस्सा तो था भाई <laughs> में वहाँ पे दहशत है बहुत इनकी दहशत है वहा पे लोगो को डराने धमकाने का काम करे